बात और मैं यहाँ पे एड ऑन करता हूं इन्होंने बात बोली ना बड़ी काम की वो बात है अगर आपको गूगल को सर्च करना आ गया ना हमें लगता है कि हमको गूगल को सर्च करना आता है मान लो को। को आप ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्री लासिंग करने वाले हो अब आप सर्च करो गूगल पे जाकर के वर्ल्ड बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म फॉर फ्री लिस्ट आएगी आपके पास में वहां पर आपको मान लो वेबसाइट आ जाती है उन बीस में देखो हर वेबसाइट पे टॉप टेन टॉप टेन अलग अलग होंगे लेकिन उन टॉप में से पांच ऐसे होंगे जो हर वेबसाइट पे होंगे तो हो हो गूगल कह रहा है गूगल कुछ नहीं कहता है कि गूगल पे आ गया तो वो पत्थर की लकी रह रहे नहीं आप ये देखो कॉमन क्या है वहां पर और कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है तो वहां पर थोड़ा डाउट दिमाग में रखो ना बेको बनाओ ना बनो